तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा रहेगा इस पर एक हम दृष्टि डालते हैं तो मेष राशि के जातकों जी हां आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए कुंडली देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर जो हो रहा है आपकी राशि से नवम भाव में गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके द्वादश भाव के भी स्वामी है इस गोचर के दौरान आपको अपने कर्मों का अच्छा फल अवश्य मिलेगा नौकरी पेशा से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तरक्की मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर के देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आया है वहीं मेष राशि के जो लोग अपना कारोबार करते हैं उनकी नई योजनाएं जो वो बनाते हैं इस पीरियड में सफल होगी बृहस्पति देव की कृपा से आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा चलेगा कुछ शादीशुदा जातकों के जीवन में नए मेहमान की दस्तक होने की भी इस समय पूरी संभावना रहेगी आर्थिक पक्ष को सुधारने के लिए जो योजनाएं आप लोग बीते समय से जो है बनाई थी उनका सकारात्मक प्रभाव अब पड़ेगा देखिए बृहस्पति कहाँ पर बैठे हुए हैं आपके भाग्य के घर में बैठे जो नाइन्थ स्थान होता है ये आपके भाग्य का होता है ये आपके आध्यात्मिक प्रगति का होता है तो इस दौरान आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रगति भी बहुत ज्यादा रहेगी इसके अलावा परदेश भ्रमण का होता है विदेश यात्राओं का योग भी देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर लेकर के है। आपके जीवन में में में वास्तव किसी गुरु गुरु की दस्तक होगी, वगैरह भी इस पीरियड आप ले सकते हैं। उस हाँ जो होता है ये आपके इंटरव्यू का होता है ये आपके साक्षात्कार का होता है यदि आपका कोई रिजल्ट आया है और आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो यकीन मानिए साक्षात्कार में आपकी विजय होगी दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे साले और साली से आपके बड़े मधुर संबंध इस बीच रहेंगे वहीं भाग्य भाव में बैठा बृहस्पति पंचम दृष्टि लग्न को देख रहा है तो जो लग्न होता है ये होता है आपकी शरीर ये होती है आपका रूप ये होता है आपकी आकृति ये होता है आपका नेम ये होता है आपका फेम तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको नेम दिलाएगा ये आपको फेम दिलाएगा प्रसिद्धि कराएगा छोटे भाई बहनों से संबंध आपके बड़े मधुर करेगा पराक्रम में वृद्धि करेगा आपके व्यक्तित्व में ये निखार लाएगा यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये समय आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है जो पंचम स्थान होता है ये आपके संतान का होता है ये आपके विद्या का होता है ये आपके बुद्धि का होता है किसी नए सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं किसी नए सब्जेक्ट में आप डॉक्ट्रेट कर सकते हैं किसी गुरु के सानिध्य में आप जा सकते हैं किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है पदोन्नति से यदि अभी तक आप चूके हुए थे तो इस पीरियड में आपको पदोन्नति होगी तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो बृहस्पति का यह जो है गोचर रहेगा आपके लिए परम सौभाग्यशाली और परम भाग जो है मतलब भाग्यदायक रहेगा लेकिन इस दौरान दर्शक को एक बात और ध्यान देनी रहेगी आपके खर्चे अकारण ही बढ़ेंगे तो खर्चों से आपको बचना रहेगा आपका मन संन्यास की तरफ जाएगा तो यदि आप पारिवारिक जीवन में हैं तो हमारी उचित सलाह यही रहेगी कि पारिवारिक जीवन में कर्तव्यों का निर्वहन आप लोग जरूर करें विदेश जा करके नौकरी पाने के योग हैं तो आप लोग विदेश में जा करके नौकरी कर सकते हैं और अच्छी ग्रोथ जो है कर सकते हैं अच्छा कमा सकते हैं यदि आप जो है संतान सुख से अभी तक वंचित थे तो देव गुरु बृहस्पति का जो ये गोचर रहेगा मेष राशि के जात को आपको संतान सुख अवश्य दिलाएगा दर्शकों शुभ जो है फलों के प्रभाव में वृद्धि के लिए आपको अब हम कुछ प्रयोग बताने जा रहे हैं कोशिश कीजिएगा इन प्रयोगों को आपको करना रहेगा तो हर बृहस्पतवार वाले दिन आपको करना क्या रहेगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए यकीन मानिए भगवान विष्णु की कृपा से आपको इतना तगड़ा भाग्य का सपोर्ट मिलेगा कि आपने कल्पना नहीं की होगी एक बार आप करके तो देखिए हर बृहस्पतवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए जब कभी भी आपका मन घबराए जब कभी भी आप मुसीबत में रहे तो कोशिश कीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाए भगवान विष्णु का ये पंचाक्षरी मंत्र बहुत ही ताकतवर है बहुत ही चमत्कारिक है इन मंत्रों का आप जाप करके इनसे शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं दूसरा दर्शकों करना क्या रहेगा कि मंदिर में किसी ब्राह्मण को जी हाँ ब्राह्मण क्योंकि तो गुरु ब्राह्मण भी हैं तो ब्राह्मण को आपको जो है कुछ ना कुछ जो है क्या कहते हैं सीधा हम लोगों की तरफ कहा जाता है जैसे आपका जो है दाल हो गया गेहूं हो गया चावल हो गया आटा हो गया आलू इत्यादि हो गया तो बृहस्पतिवार के दिन छू करके आप किसी ब्राह्मण को ये सब चीजें जरूर दीजिए यदि आपके पर कोई ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है तो उसको आप लोग जो है दान करिए ऐसे भगाइए नहीं लोगों तो अगर, अगर आप, फल देगा। तो ये करके आप लोग शुभ फलों में वृद्धि कर सकते हैं तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे इस चैनल को देखिए आप लोग सब्सक्राइब करिए पुराने हैं तब भी सब्सक्राइब करके बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए और हमारे इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए